आज हम चर्चा करेंगे काली मूसली की काली मूसली कुरकुलिगो ऑर्कॉइड अमरलीडिसी फैमिली का है विभिन्न प्रकार के इस्टोरॉयड फिनोलिक कंपाउंड्स इसके अंदर पाए जाते हैं सेपोनिन और बहुत सारे मिनरल्स का एक खजाना है कैल्शियम, मैग्नीशियम, रेजिन गम अच्छी बात यह है कि यह एनाबोलिक है एडप्टोजेनिक है इसके अंदर एक राइजम होता है राइजम को सूखा के हम पाउडर बना लेते हैं और यथास्भव उसका हम शहद के साथ सेवन करते हैं यह है हमारे बॉडी के एक वाइटल ऑर्गन जिसको आप किडनी के नाम से जानते हैं उसकी विभिन्न प्रॉब्लम में इसका हम यूज़ करते हैं और यह है सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस और न्यूरोलिथियासिस क्या होता है कि फ़िल्ट्रेशन कम हो जाता है किडनी में सूजन की स्थिति आ जाती है या फिर किडनी में स्टोन की जो समस्या होती है उसको नेफ्रोलीथिस कहते हैं ऐसा जब होता है तो किडनी डिसफंक्शन के कारण कई बार ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और किडनी का जो ये फिनोमिना है एल्डोस्टर नाम के स्ट्राइडल हार्मोन से कंट्रोल होता है और ये एल्डोस्टोरॉन एडनल कोर्टेक्स के दोना ग्लोमसा से स्क्रीट होता है और यह बॉडी में सोडियम के रीऑब्जॉपन और पोटाशियम के स्क्रीशन में हेल्प करता है कई बार क्या देखा जाता है कि जो बिनाइन कैंसर जो होता है किडनी का उसके कारण हाइपर एल्डोस्टिनोलिज्म हो जाता है या फिर किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण ही हाइपर एल्डो हो जाता है तो उस ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई रहता है ऐसे भी पेशेंट को काफ़ी हद तक इसके चूर्ण का सेवन कराने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लग जाता है क्योंकि धीरे धीरे एल्डो का लेवल नॉर्मल हो जाता है साथियों ये फार्माकोलॉजी जो बीच बीच में हम आपको बताते हैं हो सकता है कि आपके लिए बोरिंग हो जाए लेकिन हमारे पास कुछ सजेशंस भी आए थे और कुछ हमारे साथियों से परामर्श भी था कि आप लोग थोड़ा सा सर थोड़ा फार्माकोलॉजी भी बताइए ताकि टेक्निकल बैकग्राउंड के जो जानने वाले हैं वो उनको कुछ फ़ायदा हो सके तो इसलिए हम थोड़ा सा फार्माकोलॉजी का पुट इसमें डालते हैं और ताकि इसमें आप लोग अच्छे से समझ सकें बाकी इसका जो राइजोम है उसको आप पाउडर बना के रख सकते हैं राइजोम से ही इसका प्रोपेगेशन हो जाता है ये पेरिनल होता है आप इसमें देख पा रहे होंगे इसके लीव्स हैं और कहीं हमने इसके कटे हुए जो एपिकल पोर्सन है उसको रिमूव कर दिया है क्योंकि पेरिनल होता है फिर से ये ग्रो कर जाएंगे और फिर से जनरेट होकर इनकी लीव जैसी स्थिति आ जाती है और जो अर्थाइटिस होता है लुम्बर आर्थाइटिस उसमें भी इसका विशेष उपयोग किया जाता है सिंपल आपको कुछ नहीं करना है चार से पाँच ग्राम पाउडर शहद के साथ इनमें दो बार खाना है आसानी से लुम्बर आर्थाइटिस में पेशेंट की कंडीशन काफ़ी हद तक सुधर जाती है फिर मिलेंगे आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं आप सभी का धन्यवाद प्रणाम अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए और आगे लोगों के स्वास्थ्य के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाइए प्रणाम